मेरी सांसों में तू समाया तेरे बिन जीना मुझे नहीं आया माई माई तेरी बोल रहा है दागा जोगन हो गई तेरी तुलारी मन जोगे संग लगा मन जोगे संग लगा आ जाना अब तर सा Oh, go day